तो आपको तो यहाँ पर जी पर जाना है जी मेल यहाँ पर लिखना है जी आपको अकाउंट बनाना जी पे अकाउंट कैसे बनाते हैं तो इससे आपको ये भी पता चलेगा और ये भी कि YouTube अकाउंट कैसे बनाते हैं तो वीडियो को पूरा देखें चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें यहाँ पे क्रिएट यूगर और गूगल अकाउंट इस पर क्लिक कर सकते हैं आप वीडियो को लाइक जरूर करें यहाँ फर्स्ट ने आप फर्स्ट बनना चाहते हैं मेल आई डी ले ले। का यदि वो यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं है तो वो नाम आपको मिल जाएगा यदि यूट्यूब पर अवेलेबल है तो वो नाम नहीं मिलेगा जैसे मैं डाल रहा हूँ कंप्यूटर Omni S C I E N T तो जीरो जीरो डाल दिया और मैं इसको ऐसे कर रहा हूँ और यहाँ पर आपको पासवर्ड डालना है पासवर्ड क्या डालना है जो आप ज्यादा समझते हैं आप याद रख सकते हैं वो आपको पासवर्ड डालना है और वही मैं पासवर्ड डाल रहा हूं जिसे मैं याद रख सकू ये मैंने पासवर्ड डाल दिया और आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं नेक्स्ट करूंगा और नेक्स्ट के बाद ये आ गया दिस यूजर ने मिसटेकन बाय अनोदर मतलब कि ये ट्राई अनोदर कि ये किसी और ने ले रखा है ये मैंने ले रखा तो ये नहीं आएगा इसलिए आप अपना कोई भी यूजर नेम डाल सकते हैं मैंने डाल दिया एन जीरो वन टू ठीक है NT012, तो ये ज़्यादा छोटा होगा शायद सॉरी द यूजर नेम मस्ट बीन एस्ट छः से तीस करेक्टर तक डालना है तो मैं डाल देता हूँ ये आ रहा कंप्यूटर उन्नीस एंट इकतालीस नितेश तेवतिया नितेश अड़सठ तेवतिया नितेश तेवतिया उन्नीस तेवतिय, तो मैं कंप्यूटर उन्नीस एंट के नाम से ले रहा हूँ और मैंने यहाँ नेक्स्ट कर दिया करने के बाद फोन नंबर ऑप्शन में आएगा और ऑप्शनल में फोन नंबर यदि आप भरना चाहते हैं कि मेरा कोई भी, भी अकाउंट मुझे रीसेट पासवर्ड करना हो आप पासवर्ड भूल गए हो तो इसमें फोन नंबर जरूर बने उससे आपका अकाउंट रिकवर हो सकता है कई बार ऐसा होता है कि पासवर्ड भूल जाते हैं और बाद में वो रिकवर नहीं होता इसमें फोन नंबर जरूर भरे और मंथ जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो जरूर बढ़ें जेंडर जो भी आप हैं फीमेल मेल आप ट्रांसजेंडर जो भी आप हैं वो कर सकते हैं लेकिन फोन नंबर जरूर ऐड करें अपना ये जो फोन नंबर आ रहा है इसमें अपना फोन नंबर जरूर ऐड करें और तो आप देख सकते हैं मेरी जो जी आईडी है वो बन चुकी है आई एग्री करने पर मेरी जी आईडी बन जाएगी आप ऐसे अपनी जी आईडी बना सकते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें वीडियो को शेयर भी करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मैंने वैसी आई ले रखी थी तो n n नितेश तेवती कंप्यूटर ओम डिशाइन फोर वन एट द रेट जी मेल या आपका का यदि कोई भी दिक्कत आए तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं ये हमारी जी आईडी बन चुकी है अब तो आपको जी पर कैसे जाना आपको यहाँ पर ये डॉट डॉट से दिखाई दे रहे हैं तो इस पर क्लिक करना है और आप देख सकते हैं यहाँ पर आ रहा है जी तो जी पर क्लिक करना है और इसे बेसकते हटा देना है फ़ोन नंबर ऐड जरूर करें क्योंकि बाद में यदि कोई आपके डॉक्यूमेंट्स पड़े और आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो उसको रिकवर किया जा सकता है तो वैसे आप जीमेल मेल अपनी मेल जो कोई भी मेल आई है उसे आप देख सकते हैं भी आप ऐसे ही बना सकते हैं गूगल पे जीमेल अकाउंट टाइप करके और उस क्रिएट एन अकाउंट आएगा उस पर क्लिक करके आप फोन में भी ऐसे ही बना सकते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर देंटल तो से ने नेट स्लो है तो उसकी वजह से टाइम लग रहा है वीडियो, तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर करें यदि किसी को कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं हमारे पास सॉल्यूशन होगा हम आपको सोलूशन देंगे तो उसकी वजह से वरना जी बन चुकी है आप यहाँ दे सकते हैं जो मैंने डाला था कंप्यूटर ओमी सेट फोर वन डॉट कॉम वो बन चुकी है और